छतरपुर में एक दलित को कुर्सी पर बैठना महंगा पड़ गया जिसकी वजह से दलित को एक दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीट दिया पिटाई के कारण दलित को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है घटना मात गुम्वा थाने के चौक पंचायत की है जहाँ एक दलित युवक किसी योजना के लिए अपने दस्तावेज जमा करवाने आया था और वहाँ कुर्सी पर बैठा था उसी दौरान गाँव का दबंग रोहित सिंह ठाकुर पंचायत आया और दलित युवक को कुर्सी पर बैठा देखना राज हो जाता है जिसके बाद दबंग दलित युवक को धमका कर चला जाता है लेकिन बाद में वह अपने दो अन्य साथियों के साथ आया और दलित युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर दी और मारपीट कर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए जिसके बाद दलित युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है वही पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है किसी हरिजन को किसी दबंग गुंडे मवाली आदमी ने सामान्य वर्ग के आदमी ने सिर्फ जातिवादी के चक्कर में इतना मारा है कि वो उसकी जान जाने की, की नौबत आ गई है और सिर्फ मुद्दा सिर्फ इस बात का था कि वो हरिजन आदमी पंचायत में अपनी कार से आया हुआ था और कुर्सी पर बैठा था ये सामान्य वर्ग का आदमी आया और बोलता है कि उठा क्यों नहीं मेरे आने पे ये कुर्सी से क्यों नहीं उठाया और उसको पकड़ के बाहर खींच के ले गए गेट के बाहर और उसे जान से मारने की धमकी दी ये कल की घटना है और आज फिर कहीं से छतरपुर से दो गुंडे बुला करके और उसने तीनों आदमियों ने इसे इतना मारा हर जगह पैर फटा हुआ है हाथ फटे हुए हैं सर फटा हुआ है सिर्फ जातिवादी चक्कर में पंचायत भवन में आए थे उनका शासन द्वारा हत्यासी कुप ने मार का स्वीकृत किया गया है तो वह कुप के संबंध में अपने कागज जमा करने के लिए हमारे पास आए थे तो वह कोई सीट पर बैठ गए तो गाँव के रोहित सिंह ने उनको बुला करके उनको काला पकड़ी और गाली गलोश करके जान से मारने की धमकी दी तो उनको कल गाँव वालों बाल, गाँ गाँव वालों के कहने पर हमने मान लो कुछ एक्शन नहीं लिया और आज उनने उनके घर पर जाकर इसी चक्कर में जातिवाद के चक्कर में उन्होंने उनके घर पर जाकर और दो लोग और बुला की बहुत ज़्यादा जा, ज़्यादा डंडों से पिटाई की जिसमें उसका सर फट गया हाथ पाँ टूट गए उसकी जान जाने की संभावना है ये ग्राम चौका है थाना माधुआ अंतर्गत वहाँ फरियादी अल्पू अखवार ने आके कल एफआईआर करें कि कपिल धारक ने एक एप्लीकेशन वगैरह लेके गया था जहाँ पे उसका रोहित सिंह और अन्य दो लोग से कुछ विवाद हुआ है इसमें मेडियट हमने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और एस सी एस टी में लगी हुई है और जल्दी आरोपियों ग्राउंड अप कर लिया गया